का नाम नाम हो हो काजल काजल जल जी जी जी हलो हालो देखिए आप, आप लोगों से मेरा अनुरोध है अगर आप चाहते हैं कि कार्यक्रम चले तो कृपा करके बनने से पीछे हम हाँ जाइए वरना आपको शांत कराने भी सेरे, सेरे, सेरे, ये बड़े अच्छे, अच्छे लोग, लोग हैं आप बिल्कुल निश्चित रहिए मैं कुछ नहीं, नहीं, नहीं बल्ली सर बली, बली, बली, सरे, ऐसे ऐसे लोग चाइना के बॉर्डर दौड़ ये बल्ली की बात दीजिए आप लोग से निवेदन है कि देखिए ये व्यवस्था आप लिए ही की गई है तो आप लोग थोड़ी सी संयम बना के रखिए और प्यार से ताकि किसी किसी को लाठी कंडा चलाने की जरूरत ना पड़े क्योंकि ये लाठी अगर आपको लगता है तो लगता है कि खेसरिया कोई मारवा इसीलिए मैं नहीं चाहता और ये प्रशासन की गरिमा, गरिमा है, है, है। यूपी, यूपी पुलिस को मैं दिल से, तो से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग बड़ी अच्छी व्यवस्था के साथ हैं है। और हमें, हमें सबकी सब प्रशासन से ले लेकर शासन तक हमें सबकी गरिमा बचा के रखना है ताकि हम एक दूसरे को प्यार भी दे दें और एक दूसरे को कोई नुकसान भी ना मिले ठीक है ठीक है नून रोटी खाएंगे जिंदगी शिताएंगे इसलिए हम कह रहे हैं कि ख़ेसरिया, तो तरल मिलते रही इसलिए प्लीज़ आप लोग इस गरिमा को बचा के के जाए जाए के माता-बहन आज लड़के पहन जब चल में प्रणाम क्या करब आ गाँव दिल दिल दिल मंदिर भागल चौड़ा में झटका दे दे चल झाड़ का लेकिन अब गाना बजाने सेवा आ आ कि ये है पप्पू अब खुश होके जई रहना तो आज हमें तो वादा थे दुबाई बेना कि हमर जवानी की कहानी बरियार बा अकौना रंग धर के हो छूए के जुगाड़ बा कि जवान चाहत अभी बाबूते तपई तो तो बेना पोई पोई तो बबुआ के बेना तो तो से तो से कब कर कर जरूरी बा आ यात्रा बनाऊ लिया है है ने आओ आओ आओ म्याऊ का नाम हो काजल काजल नाम हो तया बस कर रे को चली रहे थे देले बहुत, बहुत अच्छा काजल आपका एक क्लिप देखा था मैं आपने अच्छा एक मेरे गाना, गाना पे डांस किया, किया था, था। कि घाम घाम राजा कि तू तो बहरा में घाव कर उसी पे इसका एक रील वायरल हुआ था बारे बारे कि बोलो अपना अपन से बेना, अरे दोना ले हैं। ले हैं। बहुत अच्छा काजल जी और भारती को आप लोग जानते ही हैं है, है, है, है। भारती के साथ में आज 10 साल से काम कर रहा हूं पहली बार मैं अपने भाई के शादी में भारती को बुलाया बहुत प्यार है ये अद्भुत कलाकार है इसीलिए मैंने इनको एक सिनेमा में भी लिया था कि के हो नहीं ना से उसमें, उसमें काम किया था तो भारती थाइक। और इनको आप जानते ही इधर ये दोनों कालीमाई माई का अवतार है बबी है ना बबी है ये माही मनीषा तुम लोग क्यों मेरा चाची हो तुम यार, यार, तो लो ने ने यार, ने यार होस्स के होस्स के बना देता दे हाँ। आप लोग मेरा करो पैर, पैर, पैर, पैर, पैर, पैर, हाँ पैर।, पैर। किर जाओ, है गिरा दो अपने आप को चलिए एक औरत अपना पति से शिकायत करती है और कि करते कि की चढ़ल भा। हो तू बड़ बह बोटी में घूसी सरदी हो